अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये एडम करेक्टर है ये फ्री फायर का फर्स्ट करेक्टर नहीं है तो क्या आप मेरे बात पर यकीन करोगे? नहीं। <laughs> या मैं आपसे कहूं जो ये, ये येलो क्रिमिनल है जो आज के समय में ऐसा दिखता है ये पहले ऐसा नहीं दिखता था तो क्या आप यकीन करोगे नहीं। <laughs> आज हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में आपको बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देखिए छोटे से इंटरव्यू के साथ गाइस वेलकम बैक माय चैनल ऑफिशियल आज हम आपको फैक्ट फैक्ट के बारे में बताएंगे नंबर बहुत लोग सोचते हैं कि का फर्स्ट मैप मैप ये बरमूडा है लेकिन का का फर्स्ट फर्स्ट मैप मैप मैप ये ये बरमूडा नहीं है लेकिन टू तो देख ही सकते हो फ्री फायर ने रिमूव कर दिया ये किसी धर्म का सिम्बल है किसी भी तरह का हो इसलिए फ्री फायर ने इसे रिमूव कर दिया अगर आपको इस फैक्ट के बारे में पता था तो हमें कमेंट में जरूर बताना थ्री बहुत लोग इस एडम कैरेक्टर को फ्री फायर का फर्स्ट करेक्टर समझते हैं लेकिन फ्री फायर का फर्स्ट करेक्टर ये एडम नहीं बल्कि ये टकलू कैरेक्टर है ये इसका मेरे पास प्रूफ भी है जो आप बैकग्राउंड पर क्लिक देख रहे हो इसमें एडम और ये टकलू कैरेक्टर दोनों एक साथ खड़े हैं आप देख ही सकते हो फैक्ट नंबर फोर क्या आपको पता है जो ये बर्फ वाला मैप है ये फ्री फायर में कब लॉन्च हुआ था अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ ये दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ था अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर सेलेक्ट करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके फैक्ट नंबर फाइव बहुत लोग सोचते हैं कि फ्री फायर में कस्टम खेलने के लिए सबसे बेस्ट करेक्टर स्काइलर के और आलोक है लेकिन ये गलत है फ्री फायर में कस्टम खेलने के लिए सबसे बेस्ट करेक्टर कोई और ही है कस्टम खेलने के लिए सबसे बेस्ट करेक्टर ये डीबी करैक्टर है दे दे दे ये सबसे ये हमारी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कस्टम खेलने के लिए सबसे बेस्ट करेक्टर ये डी बी है अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इसका एक्टिविटी को चेक भी कर सकते हैं ये मेरा लेवल फाइव है मेरा पास कार्ड नहीं है इसलिए मैं इसको लेवल सिक्स नहीं कर सकता आज की वीडियो में इतना ही साथ थैंक फॉर वॉचिंग